हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे तो जैसे लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मूविंग एवरेजेस ये कंसेप्ट क्या है वो एग्जैक्टली exactly बनते कैसे हैं ये पूरा डिटेल में हमने समझ के लिया था तो उम्मीद करता हूँ इसके पहले के सारे पार्ट्स आपने देखे होंगे तो जैसे मैंने आपको बताया दो टाइप के मूविंग एवरेजेस होते हैं एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज दूसरा होता है एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज ओके तो अभी हम डिटेल में इसको समझेंगे और वीडियो को आखिरी तक देखिए मैं आखिरी में आपको मूविंग एवरेज की कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा जो आपको ट्रेडिंग में एक्चुअल हेल्प करेगी ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज देखो सिंपल मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज की डेफिनेशन मैंने आपको पहले पार्ट में बताई थी राइट उसमें हम एवरेज कंसिडर करते हैं और वैसे उसका प्लॉटिंग होता है राइट तो सिंपल मूविंग एवरेज उसी कंसेप्ट डिपेंड है बस इसमें फ़र्क क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ सिंपली ओके okay? तो जैसे समझ लीजिए ये पांच कैंडल यहाँ पे है और अगर मैं फाइव पीरियड मूविंग एवरेज जब मैं प्लॉट करूँगा इस कैंडल के लिए तो पहले की पांच कैंडल्स कंसीडर करता है राइट जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया तो सिंपल मूविंग एवरेज में होता क्या है कि अगर ये मूविंग एवरेज ऐसे बन रही है तो ये जो सारी कैंडल्स है इसको एक जैसा, एक जैसा महत्व दिया जाता है इसका जो वेटेज है इसको वेटेज बोलते तो जो वेटेज है वो हर कैंडल को एक जैसा दिया जाता है और उसके बाद मूविंग एवरेज प्लॉट होता है ठीक है उसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज तो हर कैंडल को हम एक जैसा इंपॉर्टेंस देंगे जो भी आगे के कैंडल्स प्लॉट होने वाली है उसके लिए हर कैंडल को जो पिछले कैंडल्स है उसमें एक जैसा महत्व दिया जाता है वेटेज दिया जाता है उसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज अभी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें मैं जब आपको एक्चुअल चार्ट्स के ऊपर दिखाऊंगा तो आपको ये सिंपल हो जाएगा ठीक है तो अभी के लिए आप इतना याद रखो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है सारी कैंडल्स को जो प्रीवियस कैंडल्स है उसको एक जैसा महत्व दिया जाता है वेटेज दिया जाता है बस इतना ही डिफिनेशन आप याद रखो और इसमें देखते हैं यूजली जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो नाइन थर्टीन ट्वेंटी वन फिफ्टी फाइव हंड्रेड टू हंड्रेड इस प्रकार के यूज़ होते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है ये तो ये आपको याद रखना पड़ेगा सिंपल मूविंग एवरेज जब आप फ्यूचर में यूज़ करोगे तो यूजुअली जो ट्रेडर्स हैं जो सामने वाले ट्रेडर्स यूज़ करेंगे बड़े ट्रेडर्स वो हमें यूज़ करना पड़ेगा राइट इसलिए फिर नाइन थर्टीन ट्वेंटी वन फिफ्टी और टू ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है जो यूज़ होती है लिमिटेशन सिंपल मूविंग एवरेज का ये है कि इसमें हर कैंडल को एक जैसा इंपॉर्टेंस है जब मैं आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज समझाऊंगा तब आपको इसका लिमिटेशन समझ में आएगा तो फिलहाल ये इसको ऐसे ही रखते हैं बस आप इतना याद रखो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है 9, 13, 21, 55, 100, 200, ठीक है अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ठीक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है अभी आप यह फार्मूला देखोगे इसको देख के ज़्यादा कन्फ्यूज मौत होगी आप ये जिसको मैथमेटिकली समझना है उसके लिए मैंने दिया यह फार्मूला लेकिन मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ कि ये कैलकुलेट कैसे होता है जैसे सिंपल मूविंग एवरेज में हर पहले की कैंडल्स को एक जैसा वेटेज दिया जाता है मैंने आपको बताया था वैसे ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो रीसेंट कैंडल्स है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है पहले की कैंडल से इसका मतलब क्या हुआ जो इम्पोर्टेंस होगा वो रिसेंट प्राइस को ज़्यादा दिया जाएगा और जैसे जैसे आप पीछे बढ़ते जाओगे वैसे ही इम्पोर्टेंस कम होते जाएगा कैंडल्स का ठीक है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में अभी आप इतना ही समझ लो जो वेटेज होता है जो इम्पोर्टेंस होता है वो रिसेंट कैंडल्स को ज़्यादा होता है इसका कारण ये है क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो तो आपको आगे की कैंडल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना जब आगे की कैंडल्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो रिसेंट प्राइस चेंजेस जो है उसमें ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रहेगा न कि पहले की प्राइस एक्शन में जो पहले की प्राइसेस चेंज हुई उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है हमें इंटरेस्ट किस में है जो रिसेंट चेंजेस जो जो कुछ भी हुए है प्राइसेस में उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है राइट तो उसके हिसाब से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारा ये पर्पज सॉल्व करता है कि हमें रिसेंट प्राइसेस जो है उसको कंसिडर करके वो मूविंग एवरेज बनाएगा ठीक है तो जैसे अभी ये कैंडल्स समझो आप बन रहे यहाँ पे तो जो इम्पोर्टेंस है वो हर कैंडल जैसे पीछे पीछे जाओगे हर कैंडल का इंपॉर्टेंस कम होते जाएगा जो रिसेंट कैंडल्स है उसमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया जाएगा इन कैंडल्स को इन कैंडल्स को और पीछे पीछे इम्पॉर्टेंस कम होते जाएगा उसका ओके तो वेटेज जो है वो रिसेंट कैंडल्स को ज़्यादा है तो इस, इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे बनेगा सिम्पल मूविंग एवरेज ऐसे बना तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे बनेगा समझो प्राइस ऊपर जा रही है तो ऐसे बनेगा बिकॉज इम्पोर्टेंस अगर ये कैंडल्स अगर ग्रीन है ऊपर जा रही है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको ज़्यादा चेंज दिखेगा जब मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा ना चार्ट्स के ऊपर सिंपल ऑन मूविंग एवरेज का और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है और कैसे इनको यूज़ करना है ठीक है और एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वेटेज तो दिया जाता है रिसेंट प्राइसेस को जो वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे वो सिम्पल मूविंग एवरेज जैसी है नाइन थर्टीन ट्वेंटी वन फिफ्टी हंड्रेड इतना आप याद रखो ठीक है तो अगर सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल को हम कंपेयर करें तो एसएमए और ईएमए अभी डिफरेंस अगर उसमें है तो ये ईएमए में हम रिसेंट प्राइसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है और एसएमए में सारी कैंडल्स को एक जैसा इम्पोर्टेंस है तो प्राइस चेंज जो भी होगा प्राइस जितना फास्ट मूव होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको उतना ही फास्ट दिखेगा सिंपल मूविंग एवरेज में चेंजेस जो होंगे वो लेट आएगा अभी आपको यूजेस पहले समझने होंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज ये इंडिकेटर तो हमने समझ लिए इसके यूज़ कैसे करना है कंपैरिजन वो सब मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाऊंगा लेकिन पहले देख लेते हैं इसका यूज़ किस किस चीज़ों में होता है मूविंग एवरेज का ओवरऑल जो यूज़ है सबसे पहली चीज़ मूविंग एवरेज का यूज़ है वो है ट्रेंड आपको फाइंड करने में ये हेल्प करता है ट्रेंड क्या होता है जैसे आप बोलते हो ना कि ये जीन्स का ट्रेंड चल रहा है वो कपड़ों का ये ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड क्या होता है जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट है जो अभी हॉट है जो ऑनगोइंग है वो ट्रेंड बनता है तो ट्रेडिंग करते वक्त हमें किस में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है साइड ट्रेंड है ऐसे तीन टाइप के ट्रेंड्स हैं तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना राइट तो उसके लिए हमें ट्रेंड जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मूविंग एवरेज का सबसे पहला काम क्या होता है हमें ट्रेंड दिखाना दूसरा इसका यूज है डायरेक्शन ऑफ मार्केट तो जैसे कैंडल स्टिक्स एक के बाद एक बनती जाती है मूविंग एवरेज भी उसके साथ स्लो होता है लेकिन मार्केट की डायरेक्शन जो है वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड होती है जो कैंडल जो है वो आपको प्राइसेस दिखाती है तो मूविंग एवरेज आपको दोनों का कंपेरिजन करके मार्केट का डरेक्शन भी दिखाती है वो मैं आपको चार्ज के ऊपर दिखाऊँगा बस अभी के लिए आप इतना याद रखो डरेक्शन ऑफ मार्केट मूविंग एवरेज से मिलता है हमें और मूविंग एवरेजेस का ये सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने में मूविंग एवरेज़स आपको हेल्प करेंगे उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग में भी हेल्प होगी जैसे जैसे हम आगे इंडिकेटर्स सीखते जाएंगे एक एक इंडिकेटर्स आपके ऐड होते जाएंगे उसमें तो ये सारे इंडिकेटर्स आप जब एक साथ यूज़ करोगे तो एक पूरा सिस्टम बन जाएगा आपके लिए और जब ये सिस्टम आप यूज़ करोगे ना तो आपका जो विनिंग रेट है ट्रेड्स में वो बढ़ते जाएगा तो फिलहाल के लिए मूविंग एवरेज के ये सारी यूजर्स आप याद रखो एप्प्लीकेशंस में आपको दिखाता हूँ चलिए चार्ट्स के ऊपर तो ये है ट्रेडिंग व्यू अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप डेफिनेटली इसको लाइक like कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिकॉज इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँच पाएंगे और उनको भी हेल्प होगी ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसमें हम एक मूविंग एवरेज और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एसएमए लिखिए या फिर ये आपने मूविंग एवरेज ओपन किया तो भी वो चल जाएगा वो सिंपल मूविंग एवरेज ही कहलाता है इसमें और दूसरा होता है ईएमए, राइट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इसको मैंने सिलेक्ट किया okay. अभी देखो यहाँ पे ये इसमें नाइन सिंपल मूविंग एवरेज है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नाइन है ठीक है आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही है मैं क्या करता हूँ इसमें कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों का तो मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को येलो कलर देता हूँ ठीक है अभी आप इसको ध्यान से रखो इसमें मैं थोड़ी वैल्यूज चेंज करता हूँ मतलब जो गैप्स है वो अच्छे से दिखेगी आपको मैं इसको ट्वेंटी ट्वेंटी कर देता हूँ ठीक है अभी आप देखो येलो कलर की जो है हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो ब्लू कलर की है वो सिंपल मूविंग एवरेज है ठीक है जैसे मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया था कि एक्सपोनेंशियल में ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होती है बिकॉज रिसेंट कैंडल्स का ज़्यादा उसमें वेटेज होता है और सिंपल मूविंग एवरेज में थोड़ा लेट आता है तो अगर ये देखो आप दोनों जो लाइन्स है वो मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रही है लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने इसको पहले फास्ट ये फास्ट मूविंग होती है ना तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने इसको पहले ही पकड़ लिया और ये ऊपर जाने भी लग गए सिंपल मूविंग एवरेज को देखो आगे की तीन कैंडल्स लग गई उसके बाद उसने ट्रेंड कैंड ट्रेंड पकड़ा जो आप ट्रेंड था राइट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने यही पर ट्रेंड पकड़ा और सिंपल मूविंग एवरेज को यहाँ से ट्रेंड पकड़ने में टाइम लग गया ओके तो ये डिफ्रेंस है इसलिए मैं बोलता हूँ एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज फास्ट है सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ा स्लो होती है ओके इसके अलग चार्ट्स के ऊपर अलग सिचुएशंस में अलग अलग मार्केट्स में अलग टाइप की ई यूज़ होती है एसएमएस यूज़ होती है उसके हिसाब से आपको देखना है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा सेम वैल्यूज़ है यहाँ पर फिर भी देखो डिफरेंस कितना है दोनों में राइट बिकॉज तो ये फास्ट मूविंग है और ये स्लो मूविंग है ये था फर्स्ट दोनों का डिफरेंस ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया था सिंपल मूविंग एवरेज के तीन यूजर्स आपको बताए थे राइट तो पहला यूज़ क्या था सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड दिखाता है ओके तो अगर मैं इसमें से एक समझ लीजिए हाइड कर दूं और यहाँ पे मैं जूमआउट कर देता हूँ थोड़ा सा अभी कैंडलस्टिक देखने के बाद आपको शायद ट्रेंड पता चल सकता है अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है कभी कभी क्या होता है मार्केट थोड़ा साइडवाइज चला जाता है फिर अब ट्रेंड में जाता है तो पता नहीं चलता लेकिन अगर मैं मूविंग एवरेज को ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ट्रेंड कौन सा है ये देखने के बाद बच्चा भी बता देगा कि अप ट्रेंड है यहाँ पे राइट क्योंकि लाइन ऊपर की तरफ एंगल है उसका ऊपर जा रही है सिमिलरली जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो डाउन ट्रेंड भी हमें दिख जाता है मूविंग एवरेज पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे देखो ये डाउन ट्रेंड है ये अब ट्रेंड है ऐसे हमें पता चल सकता है और यहाँ पर देखोगे छोटा सा तो साइड ट्रेंड है यहाँ पर इसमें एंगल ज़्यादा नहीं तो हम बोल सकते यहाँ पर साइड ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तो एक, तो जो भी मूविंग एवरेजेस है उसका पहला यूज है यह हमें ट्रेंड दिखाता है ओके उसके बाद दूसरा यूज़ क्या था इसमें मार्केट की डिरेक्शन दिखाता है राइट मार्केट की डिरशन मतलब क्या होता है अगर मैं इसको वैल्यू चेंज कर दूँ समझ लीजिए मैं इसको टू कर देता हूँ या इसको हंड्रेड कर देता हूँ अभी के लिए तो कुछ कुछ जो ट्रेडिंग होता है वो प्राइस लेवल्स पर होता है कैसे देखो कभी भी कैंडलस्टिक जो है वो प्राइसेस दिखाती है, है राइट तो अगर मैं मूविंग एवरेज उसमें इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चल बहुत से ट्रेडर्स ऐसे स्ट्रैटेजी रखते हैं कि जब ये लाइन जब ये प्राइस जो है कैंडल्स है ये मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी रहेगी तो अप ट्रेंड होता है और जब नीचे जाएगी तो डाउन ट्रेंड होता है ऐसे बहुत से लोग कंसिडर करते हैं अलग अलग वैल्यूज़ आती है लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो बहुत से लोग स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं वैसे तो यहाँ पे ये प्राइस कैंडल स्टिक्स ऊपर गई ई एम के ऊपर गई उसके बाद ईएमए को क्रॉस किया नीचे जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो समझ लेते हैं डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया जब यहाँ से वापस उसने क्रॉस किया तो यह अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो बहुत से लोग इसको ऐसे भी स्ट्रैटेजी करके ट्रेंड करते हैं तो ये एक है जिसमें हम प्राइस एक्शन का यूज़ करके जस्ट एक ही सिंगल ई के साथ आपको पता पता चल सकता है कि ट्रेंड कौन सा है अब ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है जब ये प्राइस लाइन को ऊपर और नीचे क्रॉस करती है तो ये है सेकंड यूज़ इसमें वैल्यूज़ चेंज होती रहती है कोई 100 यूज़ करता है कोई 200 वो मैं आपको आगे स्ट्रैटेजी बताऊंगा फिलहाल के लिए आप वैसे उसको याद रखो ये सारी कैंडल स्टिक्स जो है ये हमारा प्राइस मूवमेंट है ये ऊपर और नीचे करते रहता है और जब ये इसके नीचे नहीं आता तो हम बोलते हैं कि स्ट्रांग है ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर आप ट्रेंड है है ना तो उसको हम बोल सकते हैं थर्ड यूज़ मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस करके काम करता है राइट तो एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको ऑन कर दिया इसको मैं ठीक है फिलहाल के लिए इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं तो ई एम एस जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है जैसे देखो यहाँ पे याहिर कर देता हूँ यहाँ पे ये प्राइस नीचे की तरफ आ रही है ये जोन में सपोर्ट बन गया एग्जांपल के लिए ये जोन में सपोर्ट बन गया 100 ई एम ए राइट तो ये सपोर्ट बन जाता है कभी कभी ये रेजिस्टेंस का काम करती है। जैसे यहाँ पे ये जोन में रेजिस्टेंस का, का काम कर रही है प्राइस नीचे जाने के बाद ऊपर क्रॉस किया लेकिन फिर से नीचे की तरफ गई तो ये रेजिस्टेंस बन गया ऐसे भी होता है तो ई का जो है एप्लीकेशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस रजिस्टेंस का भी वो काम कर दिए वैल्यूज़ में आपको आगे बाद में बताऊँगा फिलहाल के लिए आप उसको याद रखो देखो यहाँ पर कैसे रजिस्टेंस का, का काम कर रही है यहाँ से टेस्ट कर रही है ई के पास आ रही है फिर से प्राइस रिजेक्ट हो रही है फिर से टेस्ट कर रही है फिर से रिजेक्ट हो रही है तो ये कुछ होता है जिसमें रेजिस्टेंस आता है इस सिचुएशन में जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है और जब आप है कुछ है तो उसमें सपोर्ट का, का काम भी कर रही है तो ई सपोर्ट का भी काम करती है और रेजिस्टेंस का भी काम करती है ओके तो ज़्यादा करके हम ई यूज़ करेंगे ठीक है तो मैंने जैसे आपको बताया था मूविंग एवरेज में हमने स्क्रीन पर देखा ट्रेंड कैसे हम देख सकते हैं डरेक्शन ऑफ मार्केट कैसे समझ सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, का काम कैसे करती है मूविंग एवरेजेस और हमने ईएमए और एसएमए का कंपैरिजन भी देखा राइट right? अभी मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताता हूँ जो यूजुअली लोग यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज़ को लेकर यह बेसिक स्ट्रैटेजीज़ है आप इसमें और ज़्यादा डीप में जा सकते हो और अपनी खुद की स्ट्रेटीज़ भी बना सकते हो ये बेसिक स्ट्रेटजीज़ है जो लोग यूज़ करते हैं मार्केट में तो वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है सबसे पहले तो है ट्रेंड हमें इसमें पता चल जाता है तो आप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है कौन से टाइप का ट्रेड लेना है यह आप ट्रेंड ईएमएस के हिसाब से पता कर सकते हो तो जस्ट सामने कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप इंसर्ट करते हो तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा आपको फिर पता चलेगा आपको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है स्टॉप लॉस लगा के डेफिनेटली फिर भी आपको ट्रेंड उसमें पता चल सकता है तो ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी है दूसरी स्ट्रैटेजी इसमें है आई थिंक ये एनिमेशन ऊपर नीचे हो गए ठीक है कोई बात नहीं दूसरी स्ट्रेटेजी इसमें है क्रॉस ओवर्स यूजअली क्या होता है दो ई का क्रॉस ओवर यूज़ करते हैं वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा बस आप इसको याद रखो अभी ई एम कैसे यूज़ होता है यहाँ पे? दो ई हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल के लिए ट्वेंटी और फिफ्टी जब वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तब हम आप ट्रेंड है और ट्रेड लॉन्ग कर सकते हैं और जब वो नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं तो उसको डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं वो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा तब समझेगा ठीक है अभी के लिए आप याद रखो दो ई क्रॉसओवर कर, करेंगे तो वो स्ट्रैटेजी बन जाती है लोग वो कौन सी भी ई आप यूज़ कर सकते हो कभी कभी एक शॉर्ट शॉर्ट मूविंग और एक फास्ट मूविंग भी यू, लोग यूज़ करते कोई नाइन और फिफ्टी एक साथ यूज़ करता है कोई नाइन और ट्वेंटी एक साथ यूज़ करता है तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ पर डिपेंड होता है और आप इसमें कम्फर्टेबल हो या मार्केट के हिसाब से भी वो चेंज हो सकता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है गोल्डन क्रॉस और डेथ डेथ क्रॉस स्ट्रेटेजी ठीक है ये एक फेमस स्ट्रेटेजी है जो लॉन्ग टर्म होल्डर जो है लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो है पोजीशन लेते हैं बड़े बड़े टाइम के लिए वो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे डेली वीकली इसमें क्या होता है गोल्डन क्रॉस में 50 ए और टू हंड्रेड यूज होता है तो जब ये फिफ्टी एम ए टू क्रॉस करेगा तो उसको गोल्डन क्रॉस बोलते हैं तो उसमें लोग लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग करते हैं और जब ये ई नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो मार्केट शॉर्ट होता है फिफ्टी और टू हंड्रेड जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और उसके बाद डाउन ट्रेंड में चला जाता है मार्केट उसको बोलते हैं डेथ क्रॉस स्ट्रैटेजी ये दोनों फेमस नाम है तो आप याद रखो इसको फिफ्टी और टू हंड्रेड इसमें यूज़ होता है उसके बाद है टू हंड्रेड ई एम ए स्ट्रैटेजी को भी यूज़ कैसे करना है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा तो चलिए अब मैं दिखा रहा आपको स्ट्रैटेजीज़ कैसे हम यूज़ कर सकते हैं यह ट्रेडिंग व्यू, ओके अब मैं इसमें सबसे पहले एक ई एम इंसर्ट करता हूं ठीक तो है एक्सपोनशियल बुविंग एवरेज और हम यूज करेंगे 20 ई राइट ठीक अभी आप देखिए मैंने यहाँ पे 20 ई इंसर्ट की है डेली टाइम फ्रेम पे तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी हमने देखी थी ट्रेंड जो हमें ट्रेंड फाइंड करने में हेल्प करेगी राइट तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लियर कट दिख रहा है कि ट्वेंटी एम ए जो है वो आप ट्रेंड में है राइट तो ये इससे मैं ट्रेंड का पता लगा सकता हूँ कि आप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइड ट्रेंड है ट्वेंटी ये फास्ट मूविंग एवरेज है तो जल्दी पता चल जाता है अभी इसमें और एक इंसर्ट करता हूँ मैं एग्जाम्पल क्लियर फिफ्टी मूविंग एवरेज अभी मैं फिफ्टी इंसर्ट किया मैंने इसको येलो कलर दिया मैंने थिकनेस बढ़ा ली इसकी भी थिकनेस में बढ़ा देता हूँ फाइन अभी आप देखोगे दो ई एम ए यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया ट्वेंटी और फिफ्टी ओके okay? तो जैसे ट्वेंटी फास्ट मूविंग है फिफ्टी स्लो मूविंग है लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें ट्रेंड का पता हमें इजीली चल सकता है ओके okay? तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमें ट्रेंड फाइन करना है तो मूविंग एवरेज ई से हम फाइन कर सकते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी इसमें है क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी मतलब क्या जब दो ई एक दूसरे को क्रॉस करती है जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये ई एक दूसरे को क्रॉस कर रही है नीचे जाती है 20 एम ए फिर से 50 को क्रॉस किया ऊपर गया यहाँ पे आप देखोगे डाउन ट्रेंड में क्या करता है 20 एम ए ने फिफ्टी को क्रॉस किया नीचे की तरफ गया तो ये डाउन ट्रेंड में गया ये क्रॉसओवर ऊपर की साइड में हुआ यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ वो नीचे की नीचे के साइड में हुआ राइट तो दोनों क्रॉसओवर है लेकिन लॉन्ग या शॉर्ट करना ये डिपेंड करता है क्रॉस ओवर ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं नीचे से कर रहा है ट्वेंटी एम ठीक है तो दो ई इसमें यूज़ होती है कोई भी क्रॉस ओवर है ये टाइम फ्रेम के हिसाब से भी चेंज होता है कि आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे फाइव मिनट्स पे जाओगे तो यहाँ पे यह ज़्यादा आपको फास्ट मूविंग दिखेगी डेली पे जाओगे तो स्लो स्लो इसमें होता है बिकॉज डेली में एक कैंडल फॉर्म होने में एक दिन लगता है लेकिन इसमें ट्रेंड पता चल जाएगा ज़्यादा दिन के लिए अगर आप बाय करना चाहते हो किसी में पोजिशन लेना चाहते हो लॉन्ग करना चाहते हो किसी कोइन में तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पर छोटे टाइम फ्रेम पर भी ये दिखता है तो छोटे अगर ट्रेड लेने आपको तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो लॉन्ग या शॉर्ट ठीक है इसमें अभी फिलहाल मैंने 20 और 50 यूज़ किया है आप नाइन ई और ट्वेंटी ईम का क्रॉसओवर यूज कर सकते हो 9 और 50 का यूज़ कर सकते हो 20 और 100 का कर सकते हो आपके हिसाब से टाइम फ्रेम के हिसाब से और आ, जो फास्ट और स्लो मूविंग वैल्यूज़ के हिसाब से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो कि कौन सी आपके लिए सूटेबल है आपके टाइम के हिसाब से वो ई आप यूज़ कर सकते हो कोई कोई हंड्रेड टू भी यूज़ करता है ट्वेंटी या 50 और 100 भी एक साथ यूज़ करता है तो वो डिपेंड करता है हर किसी के स्ट्रेटजी और टाइम फ्रेम के हिसाब से वो उतना याद रखना ठीक है तो ये था सेकंड स्ट्रेटजी थर्ड स्ट्रेटजी के लिए हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा और एक ईएमए और इस ईएमए को मैं देता हूँ रेड कलर इसको कर देता हूँ 200 हंड्रेड ई थिकनेस भी इसकी चेंज कर लेते हैं ठीक है थिकनेस मैंने चेंज कर ली फैन death सॉरी गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस ऐसे दो कंसेप्ट है गोल्डन क्रॉस में क्या होता है ना जो फिफ्टी ई एम ए है वो ट्वेंटी टू हंड्रेड ई एम ए को क्रॉस करती है नीचे से ऊपर तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओके और जब यही ई एम ए ऊपर से नीचे क्रॉस होती है समझ लीजिए डेली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ मैं और यूजली uh, गोल्डन और डेथ क्रॉस बड़े टाइम फ्रेम पर ज़्यादा यू यूज़ होता है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए मार्केट एंट्री और एग्जिट के लिए यूज़ होता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो अप्रैल 2019 का सिनारी है इसमें गोल्डन क्रॉस कब हुआ था देखिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ मतलब ट्वेंटी अप्रैल को जब 50 ई 200 ए को नीचे से ऊपर उसने क्रॉस किया ये होता है गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस क्या होता है जब फिफ्टी ई अप ट्रेंड के बाद टू हंड्रेड को ऊपर से नीचे क्रॉस करेगी तो उसको बोलते हैं डेथ क्रॉस बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे डेथ क्रॉस के और गोल्डन क्रॉस के देखिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉस है ये डेथ क्रॉस है इसमें गोल्डन क्रॉस है जब कभी किसी कोई बड़ा ट्रेंड आता है मार्केट में तो पहले आप देखोगे उसकी स्टार्ट जो होती है वो गोल्डन क्रॉस पे होती है उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटजी यूज करके एंट्री लेते हैं वॉल्यूम भी आप देखोगे ये एरिया में स्पाइक दिखेगा आपको यहाँ से लॉन्ग करने के बाद देखोगे तो आप अभी तक इसने नीचे क्रॉस डेथ क्रॉस फॉर्म नहीं हुआ है मतलब इसीलिए लॉन्ग चल रहा है तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है गोल्डन क्रॉस सिमिलरली शॉर्ट जब मार्केट होता है तो शॉर्ट मार्केट करने के लिए डेथ क्रॉस स्ट्रेटजी यूज़ होता है यहाँ पे देखिए शॉर्ट होने के बाद फिर से फिफ्टी है मैंने टू हंड्रेड को क्रॉस किया ही नहीं कितने दिन तक सिक्सटीनथ में टू थाउजेंड से लेकर ट्वेंटी सिक्स अप्रेल टू थाउजेंड तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था ये डेथ क्रॉस होने के बाद तो यूजअली इसको गोल्डन और डेथ क्रॉस इसीलिए बोलते ताकि लोग लॉन्ग और शॉर्ट वैसे प्लान करते बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वैसे ट्रेड करते यूजली तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस है स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स के ऊपर डेली वीकली उस पर भी, भी आप यूज़ कर सकते हो ठीक है फोर्थ स्ट्रेटी है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटी है बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और जो इंस्टीट्यूशनस हैं ये स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं इसमें अगर आप देखोगे ना आपने कैंडल स्टिक्स होते हैं ये कैंडल स्टिक्स ऊपर नीचे होते हैं लेकिन ई के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर अगर देखोगे ये सारी कैंडल स्टिक्स ई के नीचे है राइट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारी कैंडल स्टिक्स टू हंड्रेड के ऊपर है ओके okay. तो ये 200 हंड्रेड एम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये 200 दिनों का एवरेज कंसिडर करके बन, बनती है डेली टाइम फ्रेम पे 200 कैंडल्स फॉर्म होने तक वो स्टेबल रहती है इसलिए उसका ट्रेंड जब चेंज होता है तो वो आ, बड़े टाइम फ्रेम पे होता है तो जब 200 हंड्रेड एम ए आप ट्रेंड आएगा या प्राइस जो है अपनी कैंडल स्टिक्स जो है प्राइस जब टू हंड्रेड के ऊपर कॉन्स्टेंट रहेगी और स्टेबल रहेगी तो बहुत सारे लोग इसको बुलिस सिनारे समझते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और बड़े बहुत से वेल्स और इंस्टीट्यूशन्स इसको फॉलो करते हैं सिमिलरली जब प्राइस 200 एमए के नीचे चला जाता है तो वो जब तक 200 एमए क्रॉस नहीं होता तब तक लोग उसमें लॉन्ग नहीं करते तो ये शॉर्ट शॉर्ट मार्केट होता है तब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जब अगर आप ये स्ट्रेटेजी वन आवर पर देखोगे तो इसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी छोटे टाइम फ्रेम में भी, भी आप ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ना सारी पहले की वो भी आप छोटे टाइम फ्रेम पर ईजिली यूज़ कर सकते हो बस यहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से आपको ई की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी हर टाइम फ्रेम के हिसाब से ओके तो जो भी ऑप्शंस मैंने आपको दिए नाइन थर्टीन जो स्लाइड्स पी पी मैंने दिखाया था वो उसमें से आप अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हो और लॉन्ग या शॉर्ट प्लान कर सकते हो तो जो टू हंड्रेड ई मैंने आपको बताई ये वीकली और डेली के ऊपर ज़्यादा यूज़ होती है बिकॉज लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बनती है और लोग इसमें उसी हिसाब से प्लान करते हैं जैसे यहाँ पर देखोगे तो जब ट्वेंटी एथ अप्रैल से जब जब से प्राइस ने टू हंड्रेड एम ए को क्रॉस किया तब से सपोर्ट लेके चल रहा है और उसके बाद से लॉन्ग ही हो रहा है बी टी सी तो यहाँ पर जो इसने एंट्री ली है जब तक तो ये लाइन क्रॉस नहीं होती तब तक तो वो एग्ज़िट भी नहीं करेगा तो इस तरह से लोग लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में भी रहते हैं तो वो हिसाब से हर पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आगे एक्सपीरियंस आपको आएगा धीरे धीरे आप यूज़ करोगे ये सारी चीज़ें और एक्चुअल ट्रेड करोगे तो आपको पता चलते जाएगा कि कौन सा ईएमए यूज़ करना है कहाँ पे यूज़ करना है तो ये बेसिक स्ट्रैटेजीज़ है इसमें और डीपली जाओगे तो और स्ट्रैटेजीज़ बनती जाएगी इंटरनेट पर भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है तो फिलहाल तो आप ये बेसिक स्ट्रैटेजीज याद रखो ई और क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज से आप ट्रेड भी कर सकते हो ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक like और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक like करने की वजह से बहुत सारे लोगों तक इसका रीच होता है और हम कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं तो अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है उसमें कुछ क्वेरीज होगी आपको तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप मैंशन कर सकते हो कमेंट्स या फिर क्वेश्चन मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा डेफिनेटली कोर्स आगे बढ़ता रहेगा तो कीप लर्निंग सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू बाय